आशियान मेरा साथ तेरे है ना ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला आबुदाना मेरा हाथ तेरे है ना ढूंढते तेरा खुदा मुझ को रब मिला तू जो मिला लो हो गया मैं मैकाब तू जो मिला तो हो गया सब हासिल मुश्किल सही आस हुई मंज थड़ कंग मैद रूठ जाना तेरा मान जाना मेरा ढूंढते तेरी हसी मिल गई खुशी रा तेरे निशा मिल गई खुदी तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल बिल तू जो मिला तुह तो गया हासिल हां मुश्किल सही आसा हुई मंजिल मैं दिल